हो रही बोत भयंकर पार्टी के गजब नजारे दिक्कत है बस एक बात की गांव में कैताउ कवारे करवाड़ी छोरी ने यू गोद का चेढ़ा रखी है एक खत्म ना होरी इससे दूसरी मंगवा रखी है नाचे देख